झांसी खजराहो पर पर अलीपुर के पास बने पर खड़े ट्रक से ऑल्टो कार टकरा गई इस हादसे में कार में सवार एक 10 साल के बच्चे सहित दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई वहीं परिवार के ही पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए लवकुश नगर के रहने वाले एक ही परिवार के आठ लोग कार में सवार होकर राम राजा के दर्शन करने ओरछा गए थे ओरछा से दर्शन करके कार में सवार होकर सभी लोग लौट रहे थे तभी अलीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत फोरलेन स्थित बड़ा गांव के पास एक ढाबा पर खड़े ट्रक के पीछे से अनियंत्रित होकर कार टकरा गई। भीषण हादसे में कार में सवार छतरपुर जिले के लवकुश निवासी लाल सिंह अहिरवार के परिवार के लोग गंभीर रूप से घायल हो गए चालक लाल सिंह अहिरवार कार में बुरी तरह से फंस गया था उसे निकालने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार कर हरिकिशन अहिरवाल और 10 वर्षीय मासूम दीपू अहिरवाल को मृत घोषित कर दिया जी बड़ा गांव में सूचना आई थी कि एक खड़ा हुआ ट्रक था बड़ा ट्राला उससे पीछे से आ रही अल्टो कार जो ओरछा से दर्शन करके आ रहे थे सभी लवकुश नगर के रहने वाले थे पीछे ऐसी आकर टकरा गयी थी जिसमे सभी घायल हुए थे मौके आरोप तत्काल पहुँच कर एम्बुलेंस ऐसी भिजवाया गया था जिनमें पता चला है की दो लोग मृत हो गए एक बच्चा है और एक हर किशन हरवार करके कुल लगभग लग आठ लोग थे जिनमें तीन बच्चे थे महिलाएं थी तीनों और पुरुष थे तो सभी को रेफर कर दिया है अभी छतरपुर यहां से और बाकी कार्रवाई की जा रही है मौके पर वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास से जुड़े मसले हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं सत्य का अन्वेषण दखल न्यूज